हाँ तो जैसा कि हम सभी आते हैं आज बाईस अप्रैल है और बाईस अप्रैल से हम दिस पिछले में आते हैं साथ में पिछले दिवस से साथ साथ ही हमारे समाज सबसे फैसेशन जो हो गया है आपस में जहन से ऐसे ऐसा बनाया गया है कि आज हमारा पिछले दिवस भी हो गया है और तमाम सबसे दहशान भी हो गया है ये दहशान हम लोग पिछले दो तीन सालों से कर रहे हैं तो इस दहान को देने के लिए हमारे देश में देवनाथी औना सत्सा महादेव दल से, से, महा से, से ताशी है तो फिर सहाय प्रधा है और अपने प्रभारी है ऐसे तो ऐसे तो तो फिर ने आपने से हम तनाम विद्या हम तो ने अपने बचाए तो फिर से धन्यवाद तो तो तो सर आज, आज, आज शासकीय तुलसी तो महाविद्यालय अनूपुर द्वारा जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके संयोजक डॉक्टर अमित भूषण वेदी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्हें है बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो कि आई क्यू आई सी प्रभारी है उनको भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरे जो बच्चे सुन रहे हैं श्रोता सुन रहे हैं उनको भी आज का विषय है हमारा जिस पर हमें चर्चा करनी है कि सतत विकास को सुनिश्चित कर पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं तो दरअसल ये जो बहस है सतत विकास की और पर्यावरण को बचाने की ये ज्यादा पुरानी नहीं है दरअसल ये बहस काफी नई है काफी नई का मतलब ये जो सतत विकास की बहस है या सतत विकास का कॉन्सेप्ट है ज्यादा से ज्यादा आप इसको 1950 के बाद से मान सकते हैं बल्कि प्रिसाइज़ अगर कहें तो 1970 में पहला विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया उसके पहले स्टाफ सम्मेलन हुआ था जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस उनको उनको उत्सर, उ, उनके उत्सर्जन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को आ, देखने के लिए और उसे कम करने के लिए अः सम्मेलन किया गया उन्नीस में स्टाफ सम्मेलन किया गया और उसके बाद से आ, हमारे ग्रह में हमारे पृथ्वी में चेतना विकसित हुई इसकी बहुत सारे देशों ने कोलेबोरेशन किया और उसके बाद रियो समिट किया में। और उसके बाद से लगातार ये एक है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विकास में पर्यावरण में समाज शास्त्र में अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र में जितने भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उनमें ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने विकास का जो प्रोजेक्शन है अपने विकास की जो रणनीति है उसे किस तरीके की करें दरअसल ये जो बहस है सतत विकास की इसकी पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि सतत विकास हमारे जीवन को या हमारे पर्यावरण को या हमारे ग्रह को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है या सतत विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़े तो जो विकास है विकास को आमतौर पर अः आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे बहुत सारे तो विकास को पहले ग्रोथ के संदर्भ में माना जाता था यानी आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में माना जाता था आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि अगर किसी अगर आपकी इस साल आय सौ रुपए है और अगले साल ये बढ़कर एक सौ दस रुपए हो गई तो इसे माना जाता था कि आपकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई है आर्थिक समृद्धि हुई है लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट बढ़ा जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आया और आगे आया तो 1950 के दशक में एक उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई ज्यादातर देशों में नई नई तकनीकी आई दरअसल ये जो औद्योगिक क्रांति है ये तो 18 सत्रह से शुरू हुई और ये जो औद्योगिक क्रांति है इसने 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में पूरे पृथ्वी के संसाधनों को का विदोहन करना चालू किया मतलब उन संसाधनों से उन संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया और एक उपभोक्तावादी दृष्टि पैदा की उपभोक्तावादी दृष्टि क्या होती है उपभोक्तावाद का मतलब होता है कि उपभोग के लिए नहीं हमें उपभोग के लिए सामान का उत्पादन नहीं करना है बल्कि दिखावे के लिए हमें उपभोग करना है यानी जितनी हमारी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उपयोग करना है उपभोग करना है और इसके लिए पर्यावरण का विनाश होना है तो होने दो इसकी चिंता किसी को नहीं करनी है क्योंकि सभ्य होने का एकमात्र पैमाना यह है या सबसे ज्यादा विकसित होने का एकमात्र पैमाना यह है कि हम अपने संसाधनों का कितना ज्यादा से ज्यादा उपभोग करते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने ऊपर खर्च करते हैं वो चाहे दैनिक आवश्यकताओं के संबंध में हो चाहे ऊर्जा के संबंध में हो चाहे भौतिक समृद्धि के और किसी संदर्भ में हो आज अगर हम इसको और सरल उदाहरण से समझना चाहें तो हमारी जरूरत एक स्मार्टफोन में हो सकती है लेकिन हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें आईफोन बारह आईफोन फोन आईफोन आई प्रो आईफोन फोन आईफोन आई प्रो आईफोन चौदह प्रो मैक्स इस तरीके की चीजें चाहिए हमारी जरूरत एक बाइक में या साइकिल से पूरी हो सकती है लेकिन हमें कार और वो भी मर्जीडीज कार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हम लोगों से ज्यादा समृद्ध हैं जो उपभोक्तावाद का मतलब होता है कि अपने उपभोग के लिए नहीं अपने उपयोग के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए जो उपयोग किया जाना है उपयोग किया जाता है उसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन के लिए उपयोग करते हैं ये उपभोक्तावाद के मूल में है तो ये जो उपभोक्तावाद है ये बनता कैसे है ये बनता है आपके मीडिया से ये बनता है आपके आपके सोच से ये लगातार वस्तुएं बेचने से लगातार आपकी जरूरतें पैदा करने से दरअसल उपभोक्तावाद जरूरतें पैदा करता है और इस जरूरत को पैदा करने के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता है और लोगों को उस उत्पादन को खरीदने के लिए प्रेरित करता है इस सबका साझा परिणाम क्या होता है इस सबका साझा परिणाम पर्यावरण के विनाश के रूप में आता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को बिना जरूरत के उपयोग करते हैं और इस उपयोग का संबंध हमारी जरूरतें पूरी करने से नहीं होता है इस उपयोग का संबंध दूसरों को यह दिखाने के लिए होता है कि हम तुमसे ज्यादा समृद्ध हैं हम ज्यादा सभ्यता के ऊपर के स्तर पर हैं। तो ये है उपभोक्तावाद इस उपभोक्तावाद का परिणाम क्या हुआ इस उपभोक्तावाद ने पृथ्वी के महत्वपूर्ण संसाधनों को नष्ट करना चालू किया इसके लिए स्पर्धा इस को बढ़ाया और स्पर्धा को बढ़ाने के बाद इसने पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको इस तरीके से नष्ट किया कि यह इसका परिणाम पर्यावरण के विनाश में आया आपने सुना होगा कि ग्रीन हाउस जो हमारी पृथ्वी है पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन की परत है और वो ओजोन की परत सूर्य से हानिकारक विकिरण को आने से रोकती है लेकिन हमें उपभोक्तावाद के कारण ज्यादा से ज्यादा वस्तु बनानी थी हमने रेफ्रिजरेटर बनाए हमने ए बनाई हमने आ, डीजल से चलने वाली कारें बनाई हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे पर्यावरण को उस ओजोन लेयर को ओजोन की परत को नष्ट करने वाले गैसें रिलीज हुई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और उन्होंने ओजोन को ओजोन की परत का क्षण कर दिया यानी ओजोन की परत को नष्ट कर दिया या नष्ट करने के क्रम में है इसको रोकने के लिए बाद में समझौते भी हुए और कुछ देश इसके समझौते लागू कर रहे हैं कुछ उसमें रिलैक्सेशन लेके लागू कर रहे हैं और इस तरीके से धीरे धीरे सहमति बनी तो जो ये एक उदाहरण था कि किस तरीके से गैर जरूरी चीजों की वजह से या ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने की वजह से हमने पर्यावरण को नष्ट किया है अब ऐसे पर्यावरण को नष्ट करने का विकल्प क्या है तो इसके लिए जो दूसरी विचारधारा दी गई वो दी गई सतत विकास की विचारधारा सतत विकास क्या है अगर हम सतत विकास को समझें तो सतत विकास ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जब आज का विकास कल की कीमत पर ना हो यानी कि हम अपने विकास के लिए हम अपने उपभोग के लिए उतनी ही चीजों का उतनी ही प्राकृतिक चीजों का दोहन करें यानी प्रकृति से उतना ही लें जितना जरूरी है ना कि अपने उपभोग को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए अगर कबीर की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाये और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए यानी कि हमारे जरूरत के चीजों का उपयोग करने के लिए गांधी अगर इसी को गांधीजी के शब्दों में कहा जाए तो गांधीजी यही कहते हैं कि पृथ्वी में इतने संसाधन हैं जिससे दुनिया की हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो सकती हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच नहीं पूरा हो सकता इसका मतलब ये है कि हमारे पास पृथ्वी कि पृथ्वी के पास हमारे लिए हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए सब कुछ है लेकिन अगर हम लालची हो जाएं अगर हम पर्यावरण को नष्ट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लालच के चक्कर में अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का अः विवेकहीन दोहन करने लगे तो हमारे सामने बहुत तरीके की समस्याएं पैदा होती है जिसमें असमान वितरण है जिसमें से गरीबी है जिसमें से बेरोजगारी है जिसमें से लाचारी है जिसमें से हिंसा है जिसमें से अन्याय है जिसमें से पर्यावरण का विनाश है ओजोन का उनका क्षरण है पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ना है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसमें से पृथ्वी के तापमान लगातार बढ़ने से ग्लेशियरों में जमी बर्फ पिघलती है उससे समुद्र का जो स्तर है पानी का स्तर है वो ऊपर उठता है इसकी वजह से जो समुद्र के किनारे रहने वाले शहर हैं वो डूबने लगते हैं और ये स्थिति भयावह हो सकती है हम लगातार अनुभव कर रहे हैं कि हर साल हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इस साल पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ी है मान लेते हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति हो लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास पिछले 100 साल के या सवा 100 साल से हमारे यहाँ तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हर साल तापमान में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है और हर साल पिछले हर साल आपको पढ़ने में मिलता है कि इस साल का जो अप्रैल है वो पिछले साल के अप्रैल से ज्यादा गर्म था या इस साल की जो मई है वो पिछले साल की मई से ज्यादा गर्म थी या अभी जून में मई जून में आप इस तरह की खबरें पढ़ेंगे अभी से आना शुरू हो गई है अभी से तैतालीस चवालीस 45 डिग्री का टेम्परेचर है जो कि आमतौर पर पहले नहीं हुआ करता था तो ये जो तापमान में वृद्धि है पर्यावरण का विनाश है ज्यादा से ज्यादा महासागरों में मछलियों के मछलियों की संख्या में कमी है बायोडायवर्सिटी में कमी हो रही है ये उसका नतीजा है जो हम अंधाधुंध पर्यावरण का विरोहन करते जा रहे हैं तो इसका जो अल्टरनेटिव है इसका जो विकल्प है वो है सतत विकास तो सतत विकास है क्या इसके बारे में एक सामान्य से परिभाषा बता दी गई है कि सतत विकास आ, ऐसे विकास के मॉडल को कहते हैं जिसमें आज का विकास कल की पीढ़ियों की कीमत पर ना हो अर्थात इसका यह है कि हम प्रकृति से उतना ही लें जितना की हमें जरूरी है की हम उपभोक्तावाद को बढ़ाने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से तुलना करने के लिए कि हम ज्यादा अमीर हैं हम ज्यादा सभ्य हैं हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं इसकी वजह से हमारे संसाधनों का दोहन ना हो अब सतत विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एजेंसियां जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं तो सतत विकास लक्ष्य 2015 में यूएन यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने सतत विकास लक्ष्यों को एडॉप्ट किया है यानी सतत विकास लक्ष्यों को उसने निर्धारित किया इसके पहले सन 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य थे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का अर्थ है ये आठ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और आठ लक्ष्यों के साथ कुछ इंडिकेटर्स थे तो इन आठ लक्ष्यों को 2015 में पूरा करने का प्रयास किया थे, आ, प्रयास किया जाना था और 2015 में इसकी समीक्षा होनी थी इन आठ लक्ष्यों को बढ़ाकर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य कहा गया सॉरी सतत विकास लक्ष्य कहा गया और सतत विकास लक्ष्य में आठ की जगह सत्रह लक्ष्य है और इसके इससे भी ज्यादा इंडिकेटर्स हैं तो इन इंडिकेटर्स को पूरा करने के लिए विश्व ने अपनी सहमति जताई है विश्व के सभी सारे प्रमुख देशों ने अपनी सहमति जताई है और इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा देश अपने तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं तो इसमें अः विकास लक्ष्यों में बहुत छोटे छोटे लक्ष्य हैं जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण पाना बीमारियों पर नियंत्रण पाना उसके अलावा न्याय लैंगिक न्याय लैंगिक विभेद बेरोजगारी भूखमरी इनसे पार पाना तो इस तरीके से जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं ये ये ये ये ये छोटे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही हैं कि हमारे ग्रह के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो असमान विकास की चुनौती है वो पर्यावरण को बचाने की चुनौती है वो लैंगिक विभेद को मिटाने की चुनौती है वो लोगों को रोजगार देने की चुनौती है वो लोगों को न्याय दिलाने की चुनौती है वो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने की चुनौती है तो सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने में इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि जिस भी तरीके के अन्याय है चाहे वो छोटे छोटे अन्याय हों चाहे देशों के बीच में हो या देशों के अंदर हो उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के विकास के स्तर में और आ, गुरुंडी और ताइवान के विकास के स्तर में और भारत के विकास के स्तर में और श्रीलंका के विकास के स्तर में अंतर ना हो इनके बीच जो अंतर है वो देशों के बीच का अंतर है लेकिन भारत में एक मुकेश अंबानी के बीच और रेहड़ी पटरी पे रहने वाले रोज की जीविका चलाने वाले व्यक्ति के बीच जो अंतर है वो देशों के बीच समृद्धि का अंतर है तो समृद्धि का अंतर ना तो देशों के बीच हो और ना ही एक देश में रहने वाले लोगों के बीच हो सभी को अपने पोषण की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा सुनिश्चित की जाए यानी राज्य जो सरकारें हैं वो यह सुनिश्चित करें कि तो प्रत्येक व्यक्ति को अः एक गरिमा जीवन मिला है उनको रोजगार मिल रहा है उनको उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और उस रोजगार से वो अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया करा रहे करा पा रहे हैं अपने लिए प्राथमिक चिकित्साएं मुहैया करा पा रहे हैं बेरोजगारी की स्थिति में सरकार द्वारा या राज्य के द्वारा उनको सहायता दी जा रही है उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा है गोरे काले के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है तो ये सारी चीजें हैं ये सारे लक्ष्य हैं जिनको पूरा करना, करना है दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सन 2030 तक तो अब इसके आगे का सवाल आता है कि सतत विकास के लिए हमने अभी तक क्या प्रयास किए हैं या क्या प्रयास किए जा रहे हैं तो इसके लिए शुरुआत में ही आपसे चर्चा हुई कि सतत विकास के लिए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौते किए गए हैं जिसमें सरकारें भागीदार रही हैं और उन आ, सरकारों ने अपने तरीके से प्रयास करके आ, इन इन आ, जो समझौते हैं उनको तो हस्ताक्षरित किए हैं और उनको लागू करने का प्रयास किया है भारत में इन चीजों को आ, आ, लागू करने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो रोजगार और समृद्धि के कार्यक्रम हैं बच्चियों को उन बच्चियों को आठवीं तक शिक्षा सुनिश्चित की गई है वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन जैसी चीजें सुनिश्चित की गई हैं तो इस तरीके से भारत में कदम वो किए गए हैं अब ये है कि सतत विकास को हम ला कैसे सकते हैं हम क्या प्रयास कर सकते हैं तो दरअसल सतत विकास का जो मॉडल है वो इस तरीके का जो विकास का एक ऐसा मॉडल जिसमें बड़े स्केल पर उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर भोग होता है इसका हमें वैकल्पिक मॉडल बनाने की जरूरत है और वो वैकल्पिक मॉडल हमारे भारतीय संस्कृति में ही हमारे गांधीवादी मूल्यों में हमारे भारतीय मूल्यों में निहित है भारत में जो भी नीतिशास्त्र रहा है वो ज्यादा से ज्यादा उपभोग को नहीं बल्कि कम से कम उपभोग पर जोर देता है वो अस्त्यरिग्रह अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य अगर इसको सीरियल से लगाएं, तो सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन पांच चीजों पर आधारित है सत्य और अहिंसा ये सत्य का तो खैर लगातार विश्लेषण होता रहता है और सत्य का अभी विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो अहिंसा है और अपरिग्रह है अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी आपको जरूरत है जितनी मुझे जरूरत है उससे ज्यादा चीजों का संग्रह करके ना रखना अगर मुझे साइकिल की जरूरत है तो मेरे पास मोटरसाइकिल की कोई जरूरत नहीं है अगर मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है तो मुझे मेरे पास कार की जरूरत मुझे कार रखने की आवश्यकता नहीं है अगर मुझे लगता है कि मेरे पास मुझे मेरे पास एक कार होनी चाहिए बिना कार के काम नहीं चल पा रहा है तो कार में ले सकता हूं लेकिन फिर आ, मुझे प्राइवेट जेट लेने की या वायुयान से जाने की कोई जरूरत नहीं है यानी अपरिग्रह का मतलब है कि मेरे पास अगर पांच दो तीन तीन शर्ट हैं या तीन शर्ट से काम चल सकता है तो मेरे वार्ड में तीन सौ शर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है तो ये जो छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं ये अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो भारतीय सिद्धांत है जो कि जो पाश्चात्य पश्चिमी विचारधारा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपभोग किया जाता है उससे अलग है और उसके विकल्प में है तो एक जो गांधी जी भी यही कहते थे, थे गांधी जी का जो खुद का जीवन है वो खुद ऐसा रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति जो उन्होंने कहा कि मैं शरीर पर अपने पूरे कपड़े तब तक, तक नहीं पहनूंगा जब तक कि प्रत्येक भारतीय के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो जाता तो गांधी जी का जो विचारधारा थी उन्होंने यही कहा उसका जंतर भी कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा देखा होगा सुना होगा कि जो भी काम मैं करने जा रही हूं या जा रहा हूं उससे इस समाज के कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को कितना फायदा हो रहा है अगर उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है आपके काम करने से तभी जीवन सार्थक है तभी उस कार्य की महत्ता है अन्यथा वो कार्य केवल कार्य करने के लिए है और उस कार्य का कोई मूल्य नहीं है तो जो गांधीवादी विकल्प है वो ये है गांधी जी ने खुद कहा था जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लालच पर कंट्रोल करना चाहिए अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए इस पृथ्वी के पास बहुत कुछ है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकृति प्रकृति पर निर्भर रहने की की या प्रकृति से के साथ सहकार करने आदत विकसित करनी चाहिए दरअसल हमारी जो सोच है आप में से बहुत सारे लोग शहरों में रहते होंगे और हमारी जो सोच है कि हम सभ्य लोग हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं हम बहुत कुछ जानते हैं दरअसल हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं और हमें अपने मन से इस तरीके का भ्रम निकाल देना चाहिए कि हम बहुत कुछ जानते हैं या हम उस तथा कथित शब्द लोग हैं जो हम बताएंगे कि विकास का मॉडल क्या है दरअसल आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र वो क्षेत्र काफी आदिवासी बहुल है और उस आदिवासी बहुल में जो संस्कृतियां हैं, जो उनके मूल्य हैं जो उनकी जीवन शैली है जो उनका के साथ लगाव है उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि वो कैसे कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा जीवन के सुख को ले रहे हैं दरअसल ये जो सुख है ये एक ऐसी अवधारणा है जो मानसिक है और आप कम से कम वस्तुएं रखते हुए भी सुखी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करके भी आप दुखी हो सकते हैं तो ये जो अवधारणा है ये कुछ वैसी ही है एक मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक छोटे छोटे और इसी तरीके के हस्तक्षेप पर और चर्चा करना चाहूंगा अः दरअसल हम लगातार प्लास्टिक से हमारा एक पाला पड़ा है और प्लास्टिक के बिना लगभग हमारा जीवन असंभव जैसा लगने लगा है हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो प्लास्टिक की बनी होगी हम जिस पेन से लिख रहे हैं वो प्लास्टिक का बना होगा हमारे शर्ट की बटन प्लास्टिक की होगी हम जिस वाहन से जाते हैं उसमें भी कुछ प्लास्टिक लगा होगा कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिनसे पार पाना लगभग कठिन है लगभग असंभव है लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिनको जिनको हम रियूज रिड्यूस और रिसाइकल कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं चूंकि आदत खराब हो चुकी है मेरी मैं अपने उदाहरण से कहता हूँ कि जब भी मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो आमतौर पर भूल जाता हूँ पॉलीथीन लेना तो पॉलीथीन लेने के लिए जो सब्जी जिस दुकान से लेता हूँ उस दुकान से सब्जी पॉलीथीन में दे देते हैं लेकिन मैं घर लाने के बाद उस पॉलीथीन को तय करता हूँ और तय करने के बाद दोबारा जब जाता हूँ और जब मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में हो गई है तो उन्हें फेंकने की जगह मैं वापस उस सब्जी वाले को दे आता हूँ जिससे वो फिर से उसमें पॉलीथीन में, में सब्जी भर के दे देता है दरअसल इसी तरीके की छोटे छोटे हस्तक्षेप है जो प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं जो आ, हमें बचा सकते हैं और ये सतत विकास में योगदान कर सकते हैं दरअसल हम जिस पानी के बर्तन में पानी पीते हैं आमतौर पर हम बोतलें इस्तेमाल करते हैं और बोतलें इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं तो अगर छोटी छोटी ऐसी मशीनें लग जाएं कि आपको दूध के पैकेट की जगह अगर आप दूध का पैकेट वापस कर रहे हैं पैकेट मतलब पॉलीथिन जिसमें दूध पैक पैक होता है अगर आप उसे वापस कर रहे हैं उसके बदले में पचास पैसे आपको मिल जाएं या एक रुपए मिल जाए या जो आप प्लास्टिक की बोतल पानी पी के फेंक देते हैं उससे बदले में आपको पैसे मिल जाए तो ये बहुत हद तक संभव है कि इसको रिसाइकल करने में एक इंसेंटिव मिल जाए बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कर रही हैं बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत प्रयासों से ये केवल चर्चा से नहीं सही होगा आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा वो तो आप अटेंडेंस नहीं भी देंगे तो भी सर इतने उदार हैं कि आपको प्रमाण पत्र मिल सकता है तो प्रमाण पत्र के लिए नहीं दरअसल इन चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास कीजिए क्योंकि तो ज्ञान आचरण का विषय होता है ज्ञान बौद्धिक विलास का विषय नहीं होता है हम लोग आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं अच्छा लग रहा होगा बुरा लग रहा होगा वो फीडबैक आपका होगा लेकिन ज्ञान दरअसल आचरण करने का विषय होता है इस बार की अंतिम बात मैं कह के कि ये जो इस बार की थीम है पृथ्वी दिवस की वो है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट यानी हमारे ग्रह पर निवेश करो हमें अपने ग्रह पर निवेश करने के क्रम में हमें अपनी उपभोक्तावादी प्रवृत्तियां छोड़ना है प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करना है हमें इंडिविजुअल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना है हमें वो तमाम उपाय करने हैं जिससे हम पर्यावरण को बचाने में अपना छोटा छोटा योगदान दे सके क्योंकि तो यही छोटा छोटा योगदान एक बड़े हस्तक्षेप का रूप लेता है तो यही जो छोटी छोटी जिसे मात्रात्मक प्रभाव कहा जाता है दरअसल यही एक गुणात्मक प्रभाव में बदलता है अः आई प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अमित भूषण द्विवेदी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया और उन सारे श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने इतनी पूर्वक मेरे बातों को सुना धन्यवाद अच्छा सवाल पूछने से आता है तो सवाल पूछ सकते हैं या फिर विषय से और ज्यादा पेशा है आ, कमेंट कर सकते हैं सवाल न पूछे तो हाँ हाँ हा, हमें बातचीत कर सकते हैं हाँ बातचीत कर सकते हैं अपना विचार रख सकते हैं तो, तो जैसे सवाल पूछने से आता हो या अपना विचार रखने से आता हो आ, वे आमंत्रित है हेलो सर सुन जी बताइए मैं सर सर से ये पूछना चाहता हूं कि सर ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक की जिक्र किया है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया इस पर भी बैन किया फिर भी मार्केट में उतने ही मात्रा में दिखाई देते हैं सिंगल जो पॉलिथीन है जो पहले दिखाई देते थे जी और जो इसके बैन करने के बाद जो एक पॉलिथीन चला था जो पानी पड़ने पर गल जाता था उसकी मात्रा भी इस समय कम दिख रही थी, में दिख रही रही थी थी मार्केट बीच में लेकिन वो उपयोग तो, तो, तो, तो करेंगे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ तो है की हम दरअसल हमारी आदत ही खराब हो चुकी है ये छोटे छोटे हस्तक्षेप की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ मुझे याद है कि मेरे पापा आ, मैं जब छोटा बच्चा था मतलब सात आठ साल का दस साल का तो मंगल को बाजार लगा करती थी हमारे कस्बे में तो वहां पर एक वो गांधीजी वाला झोला आता था है ना उस पर लेने जाते थे हम लोग सब्जी या फिर इसी तरह के मतलब सभी को याद होगा आ, घर पे जो पुराने कपड़े पुराने खासतौर पे पैंट है उनका मम्मी झोला सिल देती थी तो एक छोटा झोला होता था एक बड़ा और बड़ा और बड़ा और एक ऐसा होता था जिसमें पंद्रह दस पंद्रह किलो का चीजें भी भरी जा सकती थी दरअसल हम लोगों ने उसको एकदम रिड्यूस कर दिया है दूसरा ये है कि ये जो बात है जो मैंने अभी कहा कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल इंडिविजुअल से ही ये चीजें समझ में आएंगी आ, हम अपने तरफ से छोटे छोटे हस्तक्षेप कर सकते हैं प्रयास कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं इसमें जो आपका मत है वो भी बिल्कुल सटीक है कि सरकारों को भी उतना ही प्रयास करना होगा कार्पोरेट को भी उतना ही प्रयास करना होगा जो इनोवेशन करने वाले हैं वो ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक बनाएं या उसका प्रया प्रसार करें क्योंकि जब वो ज्यादा संख्या में होगी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कि जैसे पानी पड़े वैसे वो गल जाए या फिर एक हफ्ते में गल जाए या पंद्रह दिन में गल जाए तो वो उसको टेक्नोलॉजी को सस्ता भी करना पड़ेगा दरअसल जो एनवाइ फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है वो महंगी है और इसलिए आ, महंगी होने की वजह से भी लोग उसे नहीं लेते हैं उदाहरण के लिए आ, जो आपने कहा बिल्कुल आपका प्रश्न वैलिड है और ये बहुत अच्छा डिस्कशन में आप ले आए इस चीज को उदाहरण के लिए कि इस समय बाजार में अगर आप डिबेट देखें तो सॉरी एक एक बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है कि इलेक्ट्रिक कारें लेनी चाहिए या डीजल वाली कारें या पेट्रोल वाली कारें। यस। yes. तो अगर आप सी की या पेट्रोल की कार लेते हैं तो उसकी कीमत आती है पांच आठ लाख रुपए इन केस मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं आठ लाख रुपए और उसी का जब आप बैटरी वाला वेरियंट लेते हैं मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार का वेरियंट लेते हैं तो उसकी कीमत आती है चौदह लाख रुपए तो ये जो छह लाख रुपए का अंतर आ जाता है ये केवल इस चीज को अच्छा फिर लोग उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं वो कहते हैं कि छह साल आ, मतलब छह लाख रुपए हम ज्यादा देखे जिस हम इको फ्रेंडली कार को लेना चाह रहे हैं पहली बात तो क्या है वो इतनी इको फ्रेंडली है नंबर एक क्योंकि उस, उसके लिए जो कैडमियम लगता है पोबर्ट लगता है और लिथियमायन बैटरी होती है उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है बिजली भी ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल ही ग्रीन एनर्जी हो तो उसके लिए अलग डिबेट है कि वो कितनी ग्रीन है जिसे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं और एक दूसरा डिबेट ये है कि वो इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर मुझे ऑप्शन होगा तो, तो मैं प्रिफर करूंगा मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से पर्यावरण के हिसाब से नहीं अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से प्रेफर करूंगा तो फिर मैं पेट्रोल कर या एन की कार प्रेफर करूंगा है ना तो दरअसल पॉलिसीज़ भी सरकार को ऐसी बनाने की जरूरत है हाँ अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार दोनों में ये अंतर केवल पचास हजार का या एक लाख रुपए का रह जाए रह जाए तो ज्यादा संभावना है कि लोग डीजल कार से या पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार की तरफ स्विच कर देंगे जो आ, सरकारों की पॉलिसी भी उसी तरीके की जिम्मेदार है जो आप एग्जेक्टली exactly इसी तरह की बात कर रहे थे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो क्यों नहीं बंद हो रहा क्योंकि वो जो आ, जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाने वाली प्लास्टिक है या पॉलीथीन है या जो भी आप उसे कहें या लिफाफा है उसकी वो टेक्नोलॉजी भी काफी महंगी होगी है ना जब आप जाते हैं मतलब इको फ्रेंडली होने के लिए तो आप किसी मॉल में वो दस रुपए का या पंद्रह रुपए का या तो फिर वो जो टेक्नोलॉजी है जो पर्यावरण को बर्बाद कर रही है उस पर अगर कोई टैक्स लगने लगे तो बेहतर होगा कि लोग उस टैक्स को बचाने के लिए या वो उसके महंगेपन को बचाने के लिए अल्टरनेट प्रयोग करें इसको एक और उदाहरण से मैं स्पष्ट कर सकता हूँ आप किसी मॉल में जाते हैं तो वो आपसे पूछता है जब आप कुछ खरीदते हैं वो आपसे पूछता है कि सर आपको कैरी बैग लेना चाहेंगे तो अगर आप कैरी बैग लेने के लिए यहां करते हैं तो कहता है कि सर आपको ₹10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो जब ₹10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और अगर मेरे पास कोई ज्यादा सामान नहीं है मैं कार, अपने उसकी स्कूटी की डिग्गी में या साइकिल के हैंडल में उसे लाद सकता हूं तो मैं उसे लाद लेता हूं अगर अन्यथा मेरे पास ये जरूरत ना हो कि अगर मैं उसे बिना उसके ना ले जा पाऊं तो या तो जो पर्यावरण को नष्ट करने वाली चीजें हैं उन पर इतना ज्यादा कॉस्ट लगा दिया जाए या फिर जो पर्यावरण को फ्रेंडली हैं, जो इको फ्रेंडली टेक्निक हैं, वो इतनी सस्ती हो जाए कि इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने वाली और इको फ्रेंडली टेक्निक दोनों में कोई खास अंतर ना रहे या वो दोनों के रेट समान हो जाए तब इस समस्या से बचा जा सकता है इसके लिए सरकारों को भी उतना ही सजग होने की उतना ही ध्यान देने की जरूरत है पॉलिसी मेकिंग में उतने ही प्रयास करने की जरूरत है जितना की आप एक इंडिविजुअल की तरह सोच रहे हैं तो ये आपने बहुत अच्छा हस्तक्षेप किया जैसे सवाल है तो ऐसे कर, ज्यादा कठिन मत पूछना जैसे जैसे दीपू ने पूछा वैसे ही पूछना <laughs> जैसे सब शाम स लग रहा है किसी को समझ में आया नहीं <laughs> नहीं समझ में आया होगा सभी से साहस नहीं नहीं बिल्कुल आराम से पूछे जैसे आप अपने क्लासरूम पे पूछते हैं या अपने किसी दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही बात करिए क्योंकि तो ऐसे बातचीत करने से ही आपकी झिझक फुलेगी ये कोई मतलब हम बाहर से नहीं आए हैं दरअसल हम भी आपके कॉलेज में ही आए जो बाहर से मेहमान आए आप उनसे पूछने पर डर सकते हैं लेकिन मतलब हम आपके कॉलेज से ही हैं तो आप लोग और भी सवाल या इसी तरीके की कोई अपना कमेंट जोड़ना चाहें जैसे अभी जोड़ा। वैसे आप जोड़ सकते हैं अनिशा? अनिशा? सर एक सवाल कर सकता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए बहुत अच्छा लगा आप सर सवाल है जो जो होता है कि जैविक जो खाद है, जो जो जैविक टेक्नोलॉजी इसको सरकार विकसित करने में कहते हैं कि बहुत जैसे सिंगल प्लास्टिक की बात हुई कि जो पानी पड़ने वाले जो पनी हो गजा हाँ, उसको है। में वो लागत जो है ज्यादा पड़ता है इसलिए वो नहीं खरीद पाते है लोग उसी तरह से जो जो सरकारी जैसे अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी जो फिलहाल में एक लाडली बहना योजना चल रहा है जिसमें हर महीनाओं को हर महीने एक हजार रूपए दिए जाएंगे तो सरकार इस पैसे को उसमें क्यों नहीं खर्च करती है जो पर्यावरण के हित में बल्कि ये महिलाओं को आर्थिक रूप से या यू कहें तो आलसी बनाने के लिए जो सरकार मेरे हिसाब से दे रही है आप ये कह रहे हैं की दरअसल जो सरकार के पास एक प्राथमिकता नहीं होती ना सरकार के पास बहुत सारी प्राथमिकताए होती हैं। आपकी नजर में वो महिलाओं को एक हजार रुपए दिया जाना उनको निगम बनाना है लेकिन आ, सरकार ने ये जो पॉलिसी लागू की है इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च होंगे बहुत सारे दूसरे देशों के अनुभव होंगे बहुत सारे अपने देशों में जो छोटे छोटे स्तर पर किए गए अनुभव हैं छोटे छोटे हस्तक्षेप है उसकी स्टडी होगी या महिलाओं को सशक्त बनाने का एक तरीका है दरअसल महिलाओं का दीपू मैं अपनी बात कंप्लीट कर लू प्लीज तो दरअसल ये आपका परसेप्शन है है ना लेकिन जो सरकारें योजनाएं बना रही हैं उनके पीछे आप जैसे स्कॉलर्स के रिसर्च होते हैं दुनिया के और देशों के भी अनुभव होते हैं यूएन की स्टडीज होती है विश्वविद्यालयों में आपके महाविद्यालयों में किए गए काम होते हैं आपका परसेप्शन यानी आप क्या सोचते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो है ना दूसरा ये है कि सरकार के पास प्राथमिकताएं भी होती हैं सरकार को महिलाओं का सशक्तिकरण भी करना है और पर्यावरण को बचाने वाली या जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां भी लागू करनी है ये दोनों ही उतनी ही प्राथमिकता के क्षेत्र हैं किन्हीं सरकारों के लिए तो अब ये सरकार कई बार अः लोकप्रिय दबावों में भी काम करती है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल सदाशयता के साथ निर्णय लेती है सरकारें लोकप्रिय दबावों के अधीन भी काम करती है और संभवतः लोकप्रिय दबावों के अधीन उन्होंने लाड़ली बहना योजना लागू की हो या फिर उसके अभी जो लाड़ली बहना योजना लागू की है उसके अभी भी परिणाम आने से हैं दरअसल जब आप मानविकी में कोई हस्तक्षेप करते हैं कोई पॉलिसी बनाते हैं पॉलिसी को लागू करते हैं तो उसके परिणाम ऐसा नहीं होता है कि उसके परिणाम इस तरह नहीं होते हैं कि आपने बिजली का स्विच दबाया और लाइट ऑन हो गई है ना इसके परिणाम आने में कई बार दस साल पंद्रह साल बीस साल आज की जो आज आज, आज, आज आप जिस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ रहे हैं इसका परिणाम देश में जो ऑब्जर्व किया जाएगा वो 2035 और 40 तक किया जाएगा है ना आप ये सोचें कि आप वो इस सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या फिर जो आपका डिग्री कोर्स है या डिग्री विद रिसर्च है या पीएचडी करने के बाद ये जो आपका बैच निकलेगा और 2035 में 2040 में जिस तरीके से जिस एफिशिएंसी के साथ ये प्रोडक्टिविटी दे रहा होगा उससे ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि लाडली लक्ष्मी योजना के परिणाम नहीं है और दूसरा ये है कि सरकारें जैविक तकनीकों पे काम नहीं कर रही हैं दरअसल मैं खुद ऐसी लोगों को जानता हूं जो जैविक तकनीकों पर काम कर रहे हैं हाँ शुरुआत में ऐसा होता है कि दो से तीन साल जो उनका प्रोडक्शन है वो अप टू द मार्क नहीं होता लेकिन जब वो स्विच कर देते हैं पूरे तरीके से तो जैविक खेती के तीन से चार साल बाद जो परिणाम होते हैं और जो उस समय पर उर्वरक देने के परिणाम होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं तो इस पे अभी रिसर्च चल रहा है और इस पे मतलब एक कोई फाइनल स्टेटमेंट देना मतलब मेरे अभी नॉलेज बेस से बाहर है सर मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ सरकार अगर आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है तो ठीक है लेकिन जब देखा जाता है सर कि वोट का समय आता है तब ही ऐसी योजनाएं आती है अभी जब पिछले साल उससे पहले हुआ था दिल्ली में केजरीवाल ने दे चुनाव दे सर... से ठीक पहले महिलाओं को सर ऐसी चुनाव तो... पहले ही क्यों आती है सब सरकार दीपू मैं इसका आंसर करना चाहूंगा बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने दरअसल मैं ये कह चुका हूं अभी इसके पहले मैं ये कह चुका हूँ कि सरकारें ऐसा नहीं है कि हमेशा विवेक सम्मत निर्णय लेती हैं सरकारें अपने लोकप्रियता को बढ़ाने की के लिए भी कुछ काम करती हैं और ये जो संभवता नीतियां हैं जिनमें पिंक टिकट हो या आ, कुछ यूनिट फ्री बांटना हो या फिर उनको सोने के बालियां बनवा के देना हो है ना ये चीजें सरकार के भविष्य के दोबारा लौटने की संभावनाएं बढ़ाती हैं तो इसलिए भी सरकारें करती हैं और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सरकारें जो करती हैं वो हमेशा जस्ट करती हैं वो हमेशा सही करती हैं सरकारें लोकप्रियता के हिसाब से भी निर्णय लेती हैं और ये कुछ लोकप्रिय निर्णय होते हैं और इनको आप रोक नहीं सकते हैं दरअसल कौन सा लोकप्रिय निर्णय होगा कौन सा नीतिगत निर्णय होगा कौन सा क्षमताओं को बढ़ाने वाला निर्णय होगा इनको लेके भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आप जारी नहीं कर सकते हैं एज एन एकेडमिशियन एज ए पॉलिसी मेकर है ना तो एग्जैक्टली इसी तरीके से चीजें हुई थी उत्तर प्रदेश में भी जब एक सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई फिर दूसरी उस सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता चुनाव के कुछ महीने पहले लागू किया दूसरी सरकार आई सत्ता बदली उन्होंने बेरोजगारी भत्ते को बंद कर दिया तो सरकारें लोकप्रियता के हिसाब से निर्णय करती हैं और इसमें लोकतंत्र है इसको गलत या सही के चश्मे से देखना मतलब बहुत संभव नहीं है जी सर हमें ऐसा भी समझे जी ऐसे बहुत से विषय है न अच्छा से है, है। तो बेरोजगारी दिश लगता है तो हम सिर्फ महिलाओं से संदर्भ में ये बात नहीं कर सकते हैं अगर अरे वैसे ऐसा उसमेश महिलाओं नहीं कर सकते है उससे महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ जरूरत नहीं है दीपू येमर देने की जरूरत नहीं है बार बार की आप महिलाओं के खिलाफ आगे नहीं है दरअसल आप एक जेनविन सवाल पूछ रहे हैं आप एक जेनविन सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पे ये इस डिस्क्लेमर की जरूरत भी नहीं है दरअसल ये प्रश्न अनुत्तरित है कि कौन से हस्तक्षेप महिलाओं की या किसी भी वर्ग की क्षमता को बढ़ाएंगे और कौन से हस्तक्षेप हैं जो उन्हें आपकी भाषा में आलसी या निकम्मा बनाएंगे तो इस चीज का कोई एक फर्म जवाब नहीं है दरअसल ये कई बार दृष्टिकोणों पर भी निर्भर करता है और कई बार रिसर्च के बाद परिणाम हैं हेलो तो सर प्रणाम बताइए मैं निशा शर्मा मेरा क्वेश्चन है कि अभी मतलब रिसेंटली ये जो सेंसेस हुआ है Population का तो उसमें अपना इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा चुका है जबकि चाइना काफी टाइम से फर्स्ट नंबर पे था और अपना इंडिया बहुत पीछे था उससे मतलब बट अभी वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है तो क्या ये हमारे देश के लिए सही है या गलत है कठिन सवाल पूछा है आपने बहुत तगड़ा वाला हाँ हाँ सवाल से जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित हाँ बिल्कुल मैं वही वही करना चाह रहा था दरअसल अमित सर ने इस पे काफी काम किया है तो आप उनसे क्लास में अलग से भी उनसे लेक्चर ले सकते हैं मतलब उनसे अलग से इस पे ज्ञान ले सकते हैं तो अमित सर से ही मैंने तमाम तरीके की बातें की है विमर्श करते समय तो इसका आंसर दरअसल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी में या सही या गलत के रूप में नहीं है इसका आंसर केवल यह है कि हम क्या हम जनसंख्या को संसाधन के रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं या नहीं आज जो चीन एक पर एक शब्द होता है जिसे जनाक लाभांश कहते हैं जनाकिकीय लाभांश का मतलब होता है कि आपके देश की कुल जनसंख्या में काम करने वाले लोगों का अनुपात कितना है यानी कितने प्रतिशत लोग सक्षमता से काम कर सकते हैं अगर ये जो सक्षम लोग हैं जो काम कर सकते हैं ये वास्तव में काम कर रहे हैं तो ये आपकी देश की अर्थव्यवस्था को आपके देश की समृद्धि को बढ़ाएगा और अगर इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं तो यह आपके देश की आर्थिक संभावनाओं को आर्थिक क्षमताओं को कम करेगा तो दरअसल पॉलिसी मेकर्स को यह ध्यान देना है या लोगों को ध्यान देना है कि वो खासतौर तो पर इसमें पॉलिसी मेकिंग महत्वपूर्ण हो जाती है सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्या वो ऐसे काम कर सकते हैं कि मानव जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में बदल सके और इसका जनसंख्या कम हो जाए दरअसल जिन्होंने जिन देशों की जनसंख्या की आप बात कर रहे हैं जो बढ़ रही थी वो एक समय पर जाके अपने आप स्थिर हो जाएंगे ये भारत में भी ये स्थिरता दो हजार या 2080 तक या इक्कीसवीं शताब मतलब सन 2000 2100 तक यानी 2100 सौ तक बीसवीं शताब्दी के समाप्त होते होते ये जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और फिर जनसंख्या में कमी आने लगेगी तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमित सर के पास पूरा रिसर्च है इसका कि जैसे जैसे हमारे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई वैसे उस हिसाब से संसाधनों में कमी नहीं आई बल्कि हमने नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करके आ, तमाम तरीके की कृषि तकनीकों को बढ़ा के तमाम तरीके के संसाधनों को टेक्नोलॉजी से बढ़ा के उस जनसंख्या की सारी जरूरत के लिए हमने सब कुछ अः मुहैया करवा दिया बल्कि आज हम आ, हर चीज में एक्सल कर रहे हैं जरूरत क्या है जो जरूरत है कि हम जनसंख्या को अः खाली न बैठने दें उसे मानव संसाधन के रूप में बदलने का प्रयास करें जिससे कि हम उन विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो एक देश को जो एक देश को सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए जी ठीक है सर थैंक यू या विद्या सब से जी सर जी सर गुड इवनिंग सर हाँ सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग नहीं सर बहुत बढ़िया सेशन था पीयूष सर के द्वारा बहुत ही सुंदर मतलब एक पृथ्वी दिवस पर अपनी बात प्रस्तुत की और बच्चे भी काफी लाभान्वित हो ही रहे हैं और सर से सारी जिज्ञासा के कारण बच्चे पूछ भी रहे हैं कई सारी चीजें है ना सर आ, नहीं, मुझे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से आ, बच्चे भी इंटरेक्ट बहुत सुंदर लग रहा है बच्चे बहुत एक्टिव और पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हैं ठीक है थैंक यू सर मेरी तरफ से धन्यवाद ठीक ठीक ठीक है सर सर समस्या